जो होता है ना वो एंड्रॉइड से काफी ज्यादा फास्ट और सिक्योर होता है और हैकर भी उसे हैक नहीं कर सकते और जबकि एंड्रॉइड फोन के 48, 108, एक मेगापिक्सल वाले कैमरे आईफ़ोन के 12 मेगापिक्सल कैमरे के आगे बिल्कुल घदा लगते हैं